मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की इस मौके पर मिश्रा ने बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई दतिया में एक लाख सत्तर हजार ऐसी ज्यादा बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया यहाँ पांच साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गयी बच्चों को दवा पिलाकर बिस्किट और टॉफी भी दी गयी इस मौके पर दतिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश बिहारी कुरेले ने बताया कि पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत जिले में पांच वर्ष तक के लगभग एक लाख सत्रह हजार बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया आज बूथों पर दवा पिलाई जाएगी कल से दो दिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र घर घर जाकर पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मोबाइल टीम के अलावा इस अभियान में सरकारी वाहनों के अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठन सहयोग कर रहे एक लाख सत्रह हजार लोगों को जीरो से पाँच साल तक के बच्चों को ये दवाई पिलाई जानी है पहले दिन जन... जो है भूत पे पिलाई जाएगी दूसरे और तीसरे दिन जो घर घर जाके पिलाएंगे इस तरह से हम लोग अपना पूरा 100% लक्ष्य को हासिल करेंगे आज माननीय मंत्री जी आ, आ, मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है शुभारंभ किया और उन्होंने खुद बच्चों को अपने हाथों से दवाई पिलाई है और मोबाइल टीम को भी हमारा रवाना किया है जो घर घर जाके आज जो जो मोबाइल लोगों को बस स्टैंड पे इत्यादि उनको पिलाएंगे